चलिए बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले आप लोगों का आज मैं बात करता हूँ यूपीएससी एग्जाम के अटेंड को लेकर अटेंड कितनी बार कौन एग्जाम दे सकता है तो सबसे पहली बात अगर जो जनरल से, से है और ओ से है एस से या एस से है या यासंथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी में है याब्लून जो इकोनॉमिकली कमजोर हैं जो जनरल में हैं उनके लिए हैं हैं जो ओबीसी में, उनके लिए, जो में उनके लिए नो लिमिट है मतलब नो no लिमिट मतलब एज की कंडीशन पूरी होते हुए जो एज है इक्कीस से सैतीस साल तक एस सी वालों की उनको अगर हम जोड़े इक्कीस से लेकर सैंतीस साल तक तो, तो वह सत्रह बार जो कुमार हैं या जो छोटे कास्ट के हैं जो एस सी एस टी में आते हैं सेंट्रल के अनुसार सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार जो जनरल या ओबीसी या एस सी एस टी या परसेंट बेंच मार्क डिसबिलिटी या ईडब्ल्यू एस में आते हैं तो सत्रह बार एग्जाम दे सकते हैं एस सी एस टी वाले और डी डब्ल्यू एस वाले छह बार दे सकते हैं जनरल जो जो तो कागज पेन लेके नोट भी कर सकते हैं कहीं पर या आप उतने अच्छे हैं कि आप देखते ही आपको याद हो जाता है वीडियो में तो बहुत ही अच्छी बात है आपको जैसी इच्छा आप जैसा याद करना चाहे और जो पर्सन विथ डिसेबिलिटी डिसेबिलिटी में है, जो में हैं तो जो कमजोर है, जो जो जनरल मतलब कमजोर देख नहीं सकते या सुन नहीं सकते सकते या चोट है उनके में, या सुन फ्रैक्चर है मतलब जो फिजिकली जो शारीरिक रूप से ठीक नहीं है जिनको हम पहले पीएच वन करते थे जो शारीरिक रूप से ठीक नहीं है उनके लिए अगर जो शारीरिक रूप से ठीक नहीं रहेगा वो इन तीनों में आएगा या तो वो जनरल में होगा या तो ओबीसी में या तो एस सी में या तो ई में तो जनरल ओबीसी एससी या एसटी या ई तो ओबीसी वाले बच्चों के लिए अगर कोई ऐसा SI स्टूडेंट हो तो उसके लिए नौ अटैम्प्ट और जो जनरल में है उसके लिए भी नौ अटैम्प्ट और जो ई में जो इकोनॉमिकली कमजोर है ऐसे बच्चों के लिए भी नो no अट है और जो एस सी एस टी में no no no सत्रह बार अगर ऐसे भी बच्चे है तो सत्रह बार अटेम्प्ट दे सकते हैं हाँ अटेम्प्ट काउंट होगा यूपीएससी एग्जाम के प्रिलिम्स एग्जाम में प्रिलिम्स एग्जाम में जैसे ही आप भर के छोड़ देते हैं तो वो बात अलग है पेपर नहीं देने जाते किसी कारणवश तो बात अलग है अगर आप भर दे... वैसे तो 10 साल 10 लाख लोग हर साल एग्जाम भरते हैं पांच लाख एग्जाम देने जाते हैं जिनमें से पंद्रह हजार का सिलेक्शन होता है तो अगर आप भर दिया है और एग्जाम नहीं दे रहे हैं या नहीं पहुंच पा रहे हैं टाइम से तो आपका अटेम्प्ट जो होगा वो काउंट नहीं होगा अगर आप आपने भरा यूपीएस फिलिम्स का एग्जाम और बैठ गए के एग्जाम में और सिग्नेचर कर दिया हा मैं आ गया हूं तो आपका काउंट हो गया यहाँ तक कि अगर आप बैठ कर किसी से पूछने लगे ओ भाई चौथा का आंसर क्या है बता और किसी क्रूर अध्यापक ने आपको देख लिया बात करते हुए और आपकी कॉपी तो उठाया कटकुट किया तब आपकाउंट हो जाएगा अभी तक वैसी कोई सूचना नहीं है कि जो एग्जाम प्रसाजाम भर दें क्या उनका अटैम्प्ट काउंट होगा नहीं अगर आप वहां सिग्नेचर कर देते हैं और किसी वजह से उसमें से बाहर भी आ जाते हैं तभी आपका अटैप्ट काउंट हो जाएगा अटेम्प्ट सबको इतने ही मिले हैं जनरल को छ बार ओबीसी को नो बार एस सी को नो लिमिट है बार। जो भी भी में उनके लिए नो नो बार सबको है एस सी एस टी में सत्रह बार है ईडब्ल्यू में जो इकोनॉमिकली कमजोर है जो आरक्षण के सहित है उनके लिए छह बार है और कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि मुझे ध्यान नहीं आ रहा कि मेरा कौथा अटेम्प्ट मैंने कितनी बार यूपीएससी को यूपीएससी एग्जाम का पेपर दिया तो मैं यही कहूंगा कि उतना बड़ा सिलेबस कैसे याद होगा आपको यूपीएससी का सिलेबस उतना बड़ा कैसे याद होगा जब आप अभी अटैम्प्ट अपना याद नहीं रख पा रहे हैं कि मेरा कौथा है मैंने कितनी बार एग्जाम दिया है तो इसके लिए आपके पास अगर आपका जी हो तो उस पर आप मैसेज चेक करेंगे तो आपको मैसेज जितनी बार आए रहेंगे उतनी बार आपने अटैम्प्ट दिया होगा उतनी बार आपने फॉर्म भरा आपको तो याद ही रहेगा ना कि हाँ फॉर्म भरा फॉर्म भरा था तो मैं देने गया था कि नहीं इतना तो याद है ना तो आप जीमेल के या फोन नंबर के मैसेज चेक करके भी अनुमान लगा सकते हैं या सूचना के तहत यूपीएससी को लेटर भी लिख सकते हैं हाँ मेरा रोल नंबर ये मेरा नाम ये मुझे याद नहीं आ रहा है कितनी बार अटैम्प्ट मैंने दिया है उस हिसाब से आप भर सकते हैं प्रीवियस एग्जाम के समय इसे माफ कर देते हैं नॉर्मली डाकते नहीं हैं पर यही अटेंट है अटैम्प्टैम्प्ट काउंट होगा यदि आप प्लीज एग्जाम में बैठ गए हैं तो अभी तक तो यही व्यवस्था है धन्यवाद